नमस्कार स्वागत अभिनंदन जैसा कि मैंने आप लोगों से आज वादा किया था कि रात्रि दस बजे से ग्यारह बजे तक का हमारा राशिफल लाइव रहेगा लेकिन 10 से 15 मिनट हमें विलम्ब हो गया तो इस कारण हाथ जोड़ कर के आप सभी दर्शकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं दर्शकों इधर आज और कल कल का राशिफल शायद शाम को छः बजे हम लाइव होकर के बताएं तो दो दिन हमारा लाइव सेशन चलेगा और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं फोन नंबर देखिए उसमें दिया हुआ है आज रात्रि दस से ग्यारह बजे के बीच में हम लाइव रहेंगे और कल शाम को सात से आठ बजे तक या छः से सात बजे के बीच लाइव रहेंगे तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं दर्शकों जयपुर का आमन फिक्स हो गया है तो जो भी दर्शक जयपुर से है या इसके आस के क्षेत्र से हैं आप लोग बीस इक्कीस और बाइस क्योंकि लोगों की अधिकता ज़्यादा थी इसलिए एक दिन का प्रोग्राम और वहाँ का एक्स्ट्रा करना पड़ा तो तीन दिन रहेंगे जो भी दर्शक अपॉइंटमेंट ले चुके हैं वो तो आए ही मिलने और भी जो लोग हैं एक आप लोग और भी हैं तो खैर 18 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है इस पर आज हम दृष्टि डालेंगे साथ ही साथ आज के दिन को प्रभावी के लिए क्या दिन लोगों का जो है मतलब दिन जो तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं और आगो का सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जय श्री राम का एक बार आप लोग उद्घोष कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो 18 दिसंबर 2019 के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर शख संबत्त उन्नीस पौष मास है बुधवार दिन है और सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर तिरपन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बारह मिनट पर तिथि की बात करते हैं तो सप्तमी तिथि रहेगी सप्तमी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि सप्तमी को ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए और अष्टमी को आंवला नहीं खाना चाहिए ब्रह्मा वर्ष पुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग अष्टमी के दिन आंवला खाते हैं उनके बुद्धि का नाश होता है नक्षत्र पर आ जाते हैं पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी आज नक्षत्र रहेगा करण पर आते हैं प्रथम करण रहेगा वृष्टि इसके उपरांत और अंतिम करण रहेगा दर्शकों ये रहेगा बालोकरण योग रहेगा प्रीति इसके उपरांत आयुष्मान योग रहेगा और अशुभ समय की ओर चलते हैं राहु काल बता देते हैं तो दोपहर 12 2 दो मिनट से लेकर के एक बजकर उन्नीस तक का राहुकाल का रहेगा इस दौरान आप लोगों को अशुभ कार्यो को नहीं करना यदि आपको शुभ कार्यो को करना होगा तो अमृत काल में करिएगा शाम को सत्रह बजकर अट्ठावन मिनट से जो है स्टार्ट हो जाएगा और सत्रह अट्ठावन से जो है सत्रह बजकर अट्ठावन मिनट आप लोग बजे के बीच में अपने शुभ कार्यों को सकते चंद्रदेव, जो रहेंगे, चंद्रदेव आज सिंह राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य देव धनु राशि में कर चुके हैं इससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुका है तो ये सभी चीजें देखिए दर्शकों हमने अपने चैनल पर बता दी है हाँ पे आ जाते हैं क्योंकि बुधवार दिन रहेगा तो उत्तर दिशा की ओर आज का है उत्तर दिशा की ओर यात्राएं करने से आज, आज आपको बचना रहेगा यदि किसी कारणवश करनी पड़ जाए तो पहले दक्षिण की ओर आप चार पक चलिएगा तदउपरा उत्तर दिशा की ओर चलिएगा और, और इलायची का सेवन पिस्ते का सेवन करके तब आप यात्राओं पर जा सकते हैं तो दर्शकों आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा क्योंकि पौष मास की सप्तमी तिथि रहेगी दर्शकों और आज प्रीति योग रहेगा प्रीति का देखिए सीधा सा अर्थ होता है प्रेम तो ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला होता है आपका अगर अपना कोई रूट गया है या किसी के साथ आपको एग्रीमेंट करना करना समझौता है या आपके प्रेम विवाह में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है या आपको किसी के साथ अपने प्रेम के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस योग में किए गए कार्य से आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है तो मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ आज रहेंगे जो है सितारे लेकिन उससे पहले दर्शकों देखिए टेलीफोन कॉल भी बहुत लोगों के आ रहे हैं एक फोन कॉल पहले ले लेते हैं हेलो हेलो हेलो हाँ जी, जी राम हाँ जी राम राम जी जी मेरा देखो ऑफ बर्थ है बारह दिसंबर उन्नीस सौ अंठानवे बारह दिसंबर हाँ जी टाइम बताइए रात्रि में ग्यारह बजे जी का है? क्या नाम है आपका संतोष कुमार संतोष जी बताइए कैरियर से रिलेटेड बेसिकली आपका प्रश्न हमें लग रहा है होना चाहिए जी बिल्कुल जी मैं ये पूछा था कि जीवन में धन स्थिति दन दन इस्थिति, इस्थिति, इस्थिति की स्थिति कैसी वाली है धन धन की की स्थिति स्थिति अच्छी रहेगी आपकी जो है ये कन्या राशि बन रही है चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योगली में, योग में, में शनि यहाँ पर नीच के है तो थोड़ा सा हेल्थ रिगार्डिंग इशूज आपको ज्यादा रहेगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम रहेगी और जो धन का आपका क्वेश्चन है धन अच्छा रहेगा बेहतरीन रहेगा इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी यार शुरुआत में तो अभी समय है वर्ष का अभी मोटा मोटा समय दिखाई पड़ रहा है जी ठीक है जी तो मेष राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मेष राशि के जातकों को कैरियर राशिफल 2020 आज ही हमने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जाकर के देख सकते हैं और वार्षिक राशिफल दो भी मेष राशि का डाल दिए हैं तो सभी चीजें अंक ज्योतिष के के अनुसार भी राशिफल में राशि जातकों का पड़ा है तो आप लोग देख सकते हैं फटाफट लाइक कीजिए जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए क्योंकि आप लोगों के अंदर जो है ना चेतना अभी शून्य है तो प्लीज जय श्री राम एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है भला आपका होगा हमारा नहीं होगा राम जी सबका भला करते हैं मेष राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा पारिवारिक रिश्ते आपके बहुत ज्यादा मजबूत होंगे थोड़ी सी मेहनत करके आज अपने उद्देश्यों को आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं लोगों के इरादे आज बहुत आप लोग आसानी से समझ सकते हैं आज कोई बड़े पद पर लोगों से आज, आज आपका कॉन्ट्रेक्ट होगा अपने काम में सामाजिक संपर्कों का फायदा उठाने में आज आप सफल हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज मंदिर में कपूर का दान कीजिए जिससे आपकी पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा आज आपको घास में या पलक में काला नमक डालकर के गाय को खिलाना रहेगा ये दो प्रयोग करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ अगली राशि जो आती है ये आती है हमारी वृषभ राशि क्या कुछ कहते हैं वृषभ राशि के जातकों के सितारे तो एक जरा फोन हम अपना डीएनडी मोड से हटा के के और साइलेंट पर कर लें। तो वृषभ राशि आज आपका ध्यान में में अधिक लगा रहेगा घर में कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है सुख शांति और सौ, सौहार्द आज, आज आपके घर में बना रहेगा आज बिना किसी रुकावट के आपके कार्य सभी पूर्ण होंगे परिवार के सदस्यों के साथ आज, आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आज यात्राओं का योग है व्यापारिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं आज आपकी सफल होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गाय को आज आप लोग जो है कोई मिठाई खिलाइए तो उसमें इलायची डाल करके खिलाइए आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन ऋषभ के बाद मिथुन राशि पर आगे चलते हैं उससे पहले एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं देख लेते हैं हेलो हां नमस्कार सर हां जी नमस्ते जी सर मैं विजय कुमार कोटा राजस्थान से जी बोलिए सर सर मेरी प्रॉब्लम ये थी सर, कि मेरा कोई काम धंधा नहीं डेट ऑफ बर्थ टाइम डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस तीन चीज फटाक से बताइए सर ग्यारह नौ नब्बे जन्म है 11 सितम्बर उन्नीस सौ जी और सर सर बजे रात का का मंगलवार दिन दिन था दिन का सर बता नहीं है अच्छा कर्म के घर में राहु बैठे हुए कहा से आपके काम बनेंगे राहु राहुल का डेली पाठ करिए दुर्गा जी के बत्तीस नामों को आपको डेली पढ़ना है बुधवार वाले दिन मछलियों को आटे से निर्मित जो लोई होती है Uh, माफ करिएगा आटे से चावल से निर्मित जो लोई होती है उसको आपको खिलाना होगा अच्छा सर ये तीन उपाय करिए और आपके काम बनेंगे अगर हो सके तो आप जयपुर में आके देखिए मिल सकते हैं अच्छा सर ठीक है सर ठीक है जी राम राम जी तो मिथुन राशि के जातकों आज पारिवारिक मामलों में आपको अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है तमाम लोग गुलाब के फूल वगैरह कमेंट कर रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद तो करनी पड़ सकती कोई व्यक्ति आज आपके लिए बन सकता है परेशानी पैदा कर सकती है आज दोस्तों से होने वाली कोई जरूरी मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती है आज संतान से सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा किसी नए काम की शुरुआत करने परिवार के सभी सदस्य आज आपसे खुश होंगे आज दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां आप बनी रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास कन्याओं को शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कर् राशि पर आगे बढ़े एक फोन कॉल और लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी जी आचार्य जी नमस्ते हाँ जी राम राम जी राम राम मैं बोल रहा हूं। हाँ जी जी जी जी बिपिन डेट टाइम टाइम प्लेस बताइए फरवरी जिला सतना मध्य प्रदेश सुबह दाम्पत्य जीवन में भी आपके कुछ बाधा आ रही होगी दूसरा कैरियर से रिलेटेड भी आपके प्रश्न होंगे जी हाँ जी हाँ मैं अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है और जी और कुंडली में तमाम दोष भी है वो तो विस्तार से जब आप बात करेंगे तो जो है बताएंगे ही लेकिन अभी के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए जब भी आप स्नान करने जाइए तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके डेली स्नान करिए दूसरा आपको सूर्य देव को अर्घ देना है आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार प्रतिदिन पाठ करना है मतलब डेली आपको तीन बार पाठ करना ही करना रहेगा अगर ये किसी भी टाइम कर सकते हैं गया? नहीं नहीं जब सूर्य निकलेंगे तभी उनके समक्ष बैठ के करिएगा क्योंकि सुबह सुबह मैं तो ऑफिस निकल जाता हूँ थोड़ा सा अच्छा तो आप जो है ऑफिस में बैठ करके करिए लेकिन आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा एक बात और बताएंगे कि शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिए श्री की प्राप्ति अर्थात लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी अच्छा, संचार से रिलेटेड जो है जगह पर आप काम करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक होगी अभी तो फिलहाल अब हो सकता है कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो या किसी म्यूचुअल फंड में आपने या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जी सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक होगी और जिनसे आपका विवाह होगा वो भी मे बी कई हद तक की हो कि वो जो है मीडिया फील्ड में हो या किसी स्कूल की टीचर हो या कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड कोई काम करती हो या केमिकल से रिलेटेड कोई वर्क करती हो या इंजीनियर हो सकती हैं। विवाह कब तक सक हो सकता है थोड़ा सा विवाह का जो योग बन रहा है भाई साहब ये आपका बनेगा जो है अप्रैल दो के बाद से जी ठीक है जी धन्यवाद तो कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि के जाते आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा किसी काम में रुकावटें आ सकती है लेकिन उच्चाधिकारियों की मदद से आज आपके काम निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे परेशान हो जाए जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा किसी से वादा मत करिएगा जिसे पूरा करने में आज आपको कठिनाई महसूस हो थोड़ा सा सावधान रहेगा आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आज के दिन प्रयास ये करिएगा कि गाय को हरा चारा आप लोग खिलाइए और गणपति का पाठ करिए आपके सभी दुख जो हैं ये दूर होंगे और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाल शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती आती है ये आती है ये सिंह राशि लेकिन फटाफट लाइक करके जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कीजिए जो लोग जुड़ गए हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिंह राशि के जात को आज आपका दिन बहुत अनुकूल रहेगा आज किसी काम से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है भाइयों का आज पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा विवाहित आज किसी अच्छी जगह पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं जीवन साथी से कोई खूबसूरत एक्सपेंसिव सा गिफ्ट मिलता है आज उन लोगों से बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है जिनसे आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है आज के दिन मंदिर जा करके कुछ समय श्रमदान देना रहेगा साथ ही साथ ही यदि कोई किन्नर दिख जाए तो उनको कुछ आपको मीठा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ एक फोन कॉलर और लेते हैं उसके बाद चलते हैं कन्या राशि पर हलो हाँ जी प्रसन्न रहिए जी, मैं अपने पति के लिए पूछना चाहता हूँ बता दीजिए। उन्नीस नवंबर 1974 सुबह के चार बज के चार मिनट जीप्रिक्ट पति के आपको कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तथा हो सकता है कि जो है मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गुरु जी कैरियर को के बहुत है। जी देखिए करियर के लिए परेशान है तो सबसे पहले तो इनको ये करना होगा कि मंगलवार और संडे वाले दिन मीठा हनुमान जी को चढ़ा दें पहला काम दूसरा संडे वाले दिन इनको किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना होगा जी ठीक है जी, जी। अमावस्या के दिन जी इनको गाय को हरा चारा खिलाना है काला नमक डाल करके जी हाँ जी कभी भी डायरेक्शन की ओर इनको पैर करके नहीं सोना है। अच्छा। हा जी हा पूर्व दिशा की ओर कभी पैर करके नहीं सोना और क्रोध पर अपने काबू रखें। अपने गुस्से के कारण ये कई चीजों का लॉस खुद कर बैठते हैं। तो इससे इनको जो है बचाइये नौकरी भी समय चली है। कोई दिक्कत नहीं फिर से मिल जाएगी जो उपाय बताए नौकरी के लिए ही बताए हैं पार्टी में या समारोह में शामिल होंगे और लवमेट के लिए आज का दिन काफी यादगार रहने वाला है किसी जरूरी काम से आज यात्राएं करनी पड़ सकती है कोई दोस्त आज, आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी आज आप पूरे लग्न से काम करेंगे जीवन में आज आपके जो है साथियों का मित्रों का और उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास ये करना है कि ऋण जो है आप लोग मंगल स्रोत का पाठ करिए दूसरा आज आप लोग जो है देखिए ओम गंग गणपतना ये मंत्र है इसकी एक बार आज आपको जाप करनी रहेगी हो सके तो भगवान गणपति को मोदक का भोग आप लोग जरूर लगाए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा No. हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि तुला राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आज किसी पर गुस्सा करने से आपको बचना रहेगा अन्यथा आज आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं भाई बहनों के साथ आज आपके संबंधों में मजबूती आएगी दूसरों के साथ जुड़कर काम करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा जरूरत से ज्यादा भावुक होना आज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है किस्मत के साथ मिलने में थोड़ी सी बात आएगी कार्य में अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है आज के दिन प्रयास ये करना रहेगा कि दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ करिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं लव लाइफ कुल मिलाकर के आज आपके लिए ठीक रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा हमारी अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि लेकिन एक फोन कॉल ले, ले लेते हैं हलोम हाँ जी खुश रहिए हाँ जी भास्कर जी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए 14 मार्च 1995 जी वेस्ट बेंगाल जी टाइम बताइए जी Bengal, जी वेस्ट बताइए भाष्कर जी पैसों से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड आपकी मेन प्रॉब्लम हाँ। तो कैरियर से रिलेटेड है से रिलेटेड जी हाँ। जी कैरियर रहेगा तभी पैसा आएगा कैरियर के लॉर्ड नीच के हैं भास्कर जी कुछ चीजें आपको बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए आपके लिए बेहतर रहेगा मंगलवार वाले दिन गेहूं का मसूर का आपको दान धर्म स्थान पर करना होगा किसी युवक को ठीक है। दूसरा आपको डेली हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा सुंदरकांड की चौपाई है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई यदि आप इस चौपाई का 108 बार डेली पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी कोई रत्न धारण कर सकते हैं देखिए रत्न धारण रत्न के लिए सब डिविजनल चार्ट भी उसमें थोड़ा सा टाइम भाई साहब देखिए लगता है और अगर स्त्रोत का पाठ सूर्य के समक्ष करेंगे, तब तो फायदा होगा। होगा। वो भी तीन तीन बार बार बार करेंगे, तब होगा। हम एक बार करते हैं करिए, सूर्य देव के समक्ष बैठ कर करिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो जिनको मजबूरी होती है वो ऑफिस में करने ठीक है लेकिन अगर आपके पास समय है तो बैठ करके एटलीस्ट करिए और संडे वाले दिन तो करना ही करना है एक चाहे तो आप एक मोती धारण कर सकते हैं अच्छा। जी। वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा घरेलू समस्याओं को सुलझाने में आज आप सफल हो सकते हैं छात्रों को आज किसी पसंदीदा जगह पर जो है घूमने को मिलेगा साथ ही यदि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता के नाइन्टी चांस है आज ऑफिस में कुछ नया काम कर सकते हैं वृक्ष राशि के जो हमारे जातक हैं इनके रुके हुए काम आज पूरे होंगे साथ ही साथ आज के दिन जो है इष्ट के अपने जो है आपको ध्यान करना होगा तथा आज गणपति अथारू शीर्ष का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सजिटेरियस जी हाँ धनुराशि की ओर बढ़ते हैं क्या कुछ कहते हैं धनुराशि के सितारे तो आज आपका दिन शानदार रहेगा साथ ही साथ आज आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा धनुराश के धनुराशि पढ़ाई में आपका मन लगेगा आ, में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे संतान पक्ष की ओर से आज आपको सुख की प्राप्ति होगी आज किसी खास काम के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे अः जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में बेहतर होंगे आज कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आप अपने पार्टनर के लिए खरीद सकते हैं या अपने लवमेट के लिए खरीद सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की दूसरा आज आपको करना यह रहेगा कि ओम मातृपित्र चरण कमल सुबह तो का जाप करिए ओम मातृ पित्र चरण कमलेभ्यो नमा आप लोग गूगल कर लीजिएगा समझदार है ओम मातृ पित्र चरण कमलेभ्यो नमा ग्यारह बार पढ़ लीजिए पर्याप्त है शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ मकर राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल ले रहते हैं और हेलो हेलो हेलो सर मेरा नाम है थोड़ा सा तेज बोलिए सर हाँ, मेरा नाम है मेरी पर वो जून रहा है जी तो सर मुझे अपनी नौकरी के लिए पता करना था मतलब सरकारी नौकरी मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी मिल जाएगी क्या मिलेगी टाइम भी कुछ है आपका टाइम है कुछ जब आप पैदा हुए थे देखिए सरकारी नौकरी का योग मुश्किल है प्राइवेट कंपनी में जॉब लगेगी किसी लोहे से रिलेटेड या किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं तो अगली राशि जो आती है ये आती है कैप्टिकॉन अर्थात मकर राशि तो मकर राशि के जात को आ, मकर राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल देखिए और ले लेते हैं हलो हेलो हाँ जी कहिए नमस्ते हाँ जी नमस्ते भैया हमारे लिए एक प्रश्न का उत्तर बता दो डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए भैया 21 मार्च उन्नीस जी और टाइम भैया सात आठ के बीच में साम को हाँ। जी जी है लखनऊ किसी जो है मतलब रोग वगैरह के बारे में आपका प्रश्न है क्या नहीं नहीं भैया नौकरी के बारे में नौकरी के बारे में आ... आ... देखिए छठा छठा स्थान स्थान जो जो होता होता होता होता है है है है कंपटीशन का का का भी होता है, का भी भी और रोग तो जॉब से रिलेटेड आपका प्रश्न है इसमें निश्चित सफलता मिलेगी सरकारी सेवा में जाने के योग हैं जिनकी भी ये कुंडली है तो आ, उनको मिल सकती है भैया वो कभी कभी ऐसा एक एक नंबर से में डाला था ना? जी ए वो नंबर जैसे 200 या 300 में एक नंबर जाता होता जी पूरा पूरा नहीं होना चाहिए एक नंबर ज्यादा होता तो हो जाता भी हुआ नहीं बहुत जगह लड़का परेशान है बहुत नहीं नहीं चिंता ना करें होगा जल्द होगा डेली सुर को भैया डेली खाद्य उम्मीद है कुछ उम्मीद है सुर को अर्घ दीजिए आदित्य स्रोत का पाठ कर नौकरी के जो कारक ग्रह हैं सरकारी नौकरी जो भगवान भास्कर हैं सूर्य हैं संडे वाले दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़वाना स्टार्ट कर दीजिए जी, जी। निश्चित सफलता मिलेगी और सुंदर कांड का ये है विश्व भरड़ पोषण कर जोई ताकर नाम भरत हो, अस हो जाप करा सकती है निश्चित सफलता मिलेगी हाँ हम अब जनवरी में ही मिलेंगे क्यूँकी फिर दिल्ली का भी हमारा दौरा है अरे जनवरी में पाँच छह जनवरी तक तो मिलेंगे हाँ हाँ मिल जाएंगे उसके बाद भैया हम आएंगे ठीक है जी ठीक है अब मैं भी आऊंगी भैया जी वो जो आप कह रहे थे हमारे लिए तो भैया आपके पास वो मुंगा पन्ना रहता है दे, देखेंगे, दे देखेंगे जी जी ठीक है जी तो मकर राशि के जातकों आज आपका दिन खास रहेगा सामाजिक क्षेत्र में आज आज, आज आपकी सक्रियता बढ़ेगी कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है लोग आपकी बात से सहमत रहेंगे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है परिवार से जुड़ी कोई गुड न्यूज आज, आज आपको मिल सकती है आपकी सोच में नयापन आ सकता है आज आपका ध्यान नियमित कामकाज को निपटाने पर ज्यादा रहेगा आज आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे आज आज के जो है आज आज आपका पारिवारिक संबंध बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज अपने छत पर किसी पात्र में आपको जो है चिड़ियों के लिए अनाज और पानी रखना रहेगा दूसरा प्रयोग आज आपको ये करना है कि पीपल के वृक्ष में आज आपको जाना है और अर्घ्य जो है जल दे करके चुपचाप चले आना है ये दो कार्य करिए निश्चित आपको सफलता मिलेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पर्पल कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा ये रहे राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों देखिए आज हमने कई फोन कॉल लिए हैं तो इसलिए राशिफल थोड़ा सा लंबा हो गया अन्यथा मत लीजिएगा कुंभ राशि के जात आज खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा करके स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के हैं तो में के लिए आज आप आज आपकी बेहतर मुलाकात होगी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपका संपर्क होगा भाई बहन आज, आज आपको कुछ एक्सटेंसिव गिफ्ट कर सकते आज आप जो काम करने की सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे और आज आपके जो है लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे गणेश जी को आज बेसन के लड्डू का आप लोग भोग लगाइए गणेश चालीसा का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलें उससे पहले अंतिम फोन कॉल ले लेते हैं हलो हाँ जी? जी हाँ जी खुश रहिए मेरा एक मार्च 1987 जी ये पच्चीस मिनट सुबह का है शाम का है रात का है जी मार्च पुछे पुछे। नहीं, नहीं, मार्च आ, हाँ ये गुरुवार दिन था ये गुरुवार था जी पाँच मार्च तो हाँ, हाँ जी बताइए शादी कब तक होगी और देखिये नौकरी का थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो विवाह की बात है विवाह मार्च 2020 के बाद आपका कभी भी देखिए हो सकता है इस समय तो आलम यह है कि रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहे हैं और आ, हुए रिश्ते आपके टूट जा रहे हैं तो विवाह विवा जल्दी विवा हो हाँ जी हम जान रहे हैं विवाह जल्दी हो तो एक काम ये करिएगा शुक्रवार वाले दिन आप भगवान शिवलिंग शिवजी पर शिवलिंग पर आपको जानना है दही चढ़ाना है दही अच्छे से उनके ऊपर चढ़ाने के बाद एक सूखा नारियल चढ़ा दीजिएगा दूसरा आपको कार्य ये करना है कि जो है दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है अः ये आप अभी आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि वो मंत्र भेज दीजिए दुर्गा सप्तती का लंबा मंत्र है तो वो हम आपको भेज देंगे उसका 108 बार आपको पाठ करना रहेगा जब भी आपका रिश्ता होगा आप अपने हाथों से जो जिन लोगों को विदा करेंगी उनको दही में केसर डाल के और गुड़ डाल करके खिला के विदा करेंगी बाल आपके खुले रहेंगे एक हल्दी की गाठ आप अपने हाथ से अपने फादर को या ब्रदर को देंगे जो भी जाएंगे रिश्ता देखने वो हल्दी की गाठेब में रखे रहेंगे जल्द से जल्द ये रिश्ता होगा हाँ हाँ लाइफ ठीक रहेगा कुंडली एक बार मैचिंग करवा लीजिएगा शादी के पहले ठीक है जी तो आप दूसरे नंबर पर मैसेज करके आप प्रोसेस पूछ सकती हैं तो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं आज भाई बहन जो है आपके जो है आपको कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे सकते हैं पैसों को पैसों के लेन देन से आज दूर रहने की यहां पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज कुछ खर्चे फालतू हो सकते हैं घर परिवार की चिंता बनी रह सकती है आज के दिन कोशिश कीजिए कि की बहते हुए जल में यदि आप थोड़ा सा कुमकुम -कुम और सफेद तिल प्रवाह करते हैं तो फिर कहने ही क्या है धन संबंधी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे दूसरा आज एक प्रयोग आपको ये करना विष्णु सहस का आज आपको पाठ करना रहेगा ये पाठ कर लीजिएगा जीवन में नए आयाम को आप लोग छुएंगे इतना याद कर लीजिए। शुभ शुभ कलर आपके लिए आपके लिए लिए रहेगा रहेगा पीला और अंक ये छुएंगेगा तो तो कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से अपील करते हैं यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन दबाइए अंतिम फोन कॉल ऑन लेते हैं हेलो राम हाँ जी राम राम मैं, मैं अपनी राशि जानना चाहता के बारे में में जी जी जी डेट टाइम टाइम और प्लेस बताइए है मिनट दिन में। जी। मेरा नाम जी। आपकी आपकी सिंह राशि है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और कैरियर से रिलेटेड जो आपका प्रश्न है तो नौकरी सरकारी नौकरी में एजुकेशन फील्ड से कोई बहुत बड़ा आप नाम कर सकते हैं ठीक है जी जी तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और पुनः आप लोगों से अपील करेंगे कि कल हो सकता है शाम को छह बजे के करीब छह से सात बजे के करीब हम लाइव आए तो आप लोग जो है फिर से जुड़ करके इसी तरीके से क्वेश्चन इत्यादि आप लोग पूछ सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे आज अधिक से अधिक हमने कुंडली लेने की कोशिश की है प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज बुरा भी नहीं लगा होगा अः दर्शकों जयपुर आगमन हो रहा है आप लोग मिल सकते हैं बीस इक्कीस बाईस तीन दिन जयपुर में रहेंगे अट्ठाईस और उनतीस तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो दिल्ली में भी आप लोग हमसे मिल सकते हैं आपने इस प्रोग्राम को देखा बहुत बहुत आपका शुक्रिया चलते चलते आप सभी लोगों से इजाजत लेते हुए करवा प्रणाम करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि आपने अब तक जय श्री राम को उद्घोष जरूर किया होगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय श्री राम